बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा सबके अपने विचार हैं लेकिन अगर भारत को एक झंडे के नीचे रहना है तो बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम भारत की संस्कृति और भारत के संविधान का पालन करें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक व्यक्ति हैं वो धर्म की बात करें देश में प्रसिद्ध बागेश्वर धाम से प्रख्यात पंडित धीरेन्द्र कृषि शास्त्री इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए है जहाँ कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो वही उससे कई गुना ज्यादा तादाद में लोग उनके समर्थन में आए हैं जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी तो कल ही और कमलनाथ ने कहा देखिए बात यह है कि जो हमारे धार्मिक लोग हैं वो धर्म की बात करें मैं भी चाहता हूँ वो धर्म की बात करें इसी दौरान जब कमलनाथ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान पर सवाल किया गया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 वो हिंदू राज और, और होती रहती है सर देखिए बात ये है जो हमारे धार्मिक वो अपने धर्म की बात करे खराबी मैं भी चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम बना हुआ था वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं